हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों मैंने देखा YouTube पर सब लोग माय फर्स्ट ब्लाग वीडियो बना रहे थे मैंने भी सोचा कि लाऊं मैं रूम में खाली बैठा हूं एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो शूट करता हूं और आप लोगों को बताता हूं अपने बारे में कुछ कुछ आपके बारे में जानते हैं दोस्तों मैं फाइनली सऊदी में आ गया हूँ अभी रिसेंटली जल्दी में आया हूँ मेरा नाम बब्लू यादव है मैं अयोध्या का एक छोटे से गाँव से रहने वाला हूँ और दोस्तों आप अपने के बीच में रहते हैं मैं यादों के बीच में रहता हूँ आप सबके साथ चलते हैं मैं तनइयों के साथ चलता हूँ दोस्तों मैं एक छोटे से पार्क में हूँ अभी इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक खजूर के पेड़ हैं और इसमें अभी फल वाले हैं फूल आ गए हैं आ, और जल्द ही मैं एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ खजूर कितने कैसे फलता है कैसे फल लगते हैं कितना सुंदर फल होता है आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे बच्चों का झूला है और उधर देख लीजिए ये खेलने के लिए है तो दोस्तों ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है दोस्तों जय हिंद जय जाह भारत